हो गए कथा कला मुख्यमंत्री श्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान अतिथिगण यहां पधारे सभी प्रदेश के अधिकारीगण अधिकारीगणित किया उन्हें इस मंच पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है के हमारी जीवन और साथ स्थापना पावन और हमारे पर्यावरण की आधुनिक नदियों की संबंध मध्य प्रदेश गायत्री परिवार और की ओर से आमंत्रित हैं राजेश पटेल और एक एक के लिए हम बहुत ही सम्मान के साथ उन्हें करना चाहेंगे श्री विमन उपाध्याय जी सचिव सभापति और दयावंचन आई इस वक्त अध्यक्ष गायत्री को और अध्यक्ष को बहुत सम्मान प्राप्त है और के बाद सेवा भारती मंदिर भारती के भारी इसी प्रयास फंडा लगातार बना हुआ है और हम सब जानते हैं कि विजय मनोहर के बाद के समय मध्यप्रदेश के रूप सूचना आयुक्त परिवार और सेवा भारती के बाद प्रतिनिधि और के साथ उनका मंडल विशेष रूप से इंदौर से गौरव सम्मान है संस्था के सभी पदाधिक आप देख रहे हैं कि इस वक्त व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी अपने ओर से सम्मान प्रेरित करने के लिए हैं और इसके बाद शिक्षा तो श्री माननीय राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश के तमाम इसके बाद सुश्री रूबिना फ्रांसिस लेकिन जी इस वक्त तो शूटिंग में गई है और वहां पर एक कर रही है तो उनके हिस्से का सम्मान अलंकरण उनके कोच श्री जयन सिंह चौहान प्राप्त करेंगे जब रहे तो दुग है की मान सकते हैं राजधानी के से से मान सकते हैं प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड उसके बाद सभागारोहानी विनायक जी का इस के है। की से पर सचिन और अर्शद खान बता रहे हैं से और इसके बाद इस राज्य स्तरीय के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं को को पुरस्कार कि आप बताया है शासकीय प्रदर्शन के लिए सम्मान स्थापित और आज को हम आज ऐसे हम सम्मानित करते जा रहे हैं इस क्रम में आमंत्रित है प्रधानमंत्री आवास योजना कलेक्टर चौबीस पंचायत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए के लिए इसके बाद आमंत्रित ग्रामीण आजीविका मिशन के क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए और आमंत्रित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और नगरीय विकास और आवास विभाग के तहत विभिन्न परियोजनाओं को सम्पादित करने और उत्कृष्ट कार्य के लिए कलेक्टर बढ़वाने अपनी टीम के साथ माननीय तो कलेक्टर है। और है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और नगरीय विकास तथा आवास विभाग के लिए पीएमिधि परियोजना और इसके लिए कलेक्टर निवाड़ी का चयन हुआ है कलेक्टर साहब मंच पर है है और और उनके साथ की पीएम पीएम स्ट्रीट योजना योजना आप सब जानते हैं जाता विकास विभाग ने को को किया इस परियोजना इसके बाद अधिनियम के तहत उत्कृष्ट कार्यो के लिए और और और और इसके इसके बाद पुलिस पुलिस पुलिस पुलिस की के के हुआ है कपूर बहुत तो से श्रीमती शमी प्रमुख सचिव शिक्षा वर्मा आयुध सीबीआई और तो स्कूल आप सब जानते हैं क्षेत्र में अपने कदम रखने वाला एक ऐसा कदम और संस्कृत विद्यालय की आयु संचालक श्री पतंजलि <SILM righteousness> इस वक्त आप हम के लिए okay, yeah. योगी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के श्रेष्ठ संपादन श्री प्रतीक हजेरा प्रमुख सचिव आयुष विभाग और डॉक्टर से करने के सचिवालय विभाग मिश्रा उप संचालक आयोजन इस क्रम में आप आमंत्रित हैं उमंग और उमंग है क्षी परियोजना एक परियोजना आप सब जानते ही हैं क्या को के सचिव सचिव विकास श्री आशीष कलेक्टर जिला उज्जैन और श्री आशीष पाठक सिंह उचे के साथ है सांस्कृतिक भारतीय इतिहास में सुना रहे हैं बहुत आदरणीय लोक परिघटना के माध्यम से आज आई सी हरि शंकर दार्गो यार क्या शिष्टवाणी सी आज वार माननीय सी के आज के दौर में की व्यवस्थित क्रियाकृति की श्री नगर गौरव दिवस, और इस नगर दिवस में ने दिकार दिकार के तहत ने विशेष कार्य किया श्री संजय कुमार उत्तर सम्मान जिलों को संस्थाओं को सम्मानित कर रहे हैं जैसा कि आप पंच पत्र इस है इसके बाद इस क्रम में आमंत्रित हैं सम्मान अभियान मार्गदर्शक शाखा सम्मान अलग प्राप्त कर रही है इस परियोजना के लिए हम आमंत्रित करने जा रहे हैं अपर मुख्य सचिव महिला और बाल विकास विभाग संचालित आहार और इसके तहत हम अलग आवास के तहत तो और इसके लिए एक बार फिर श्री राव जी और आदरणीय श्री केदार सिंह संचालक प्रधानमंत्री कर आवास परियोजना इसके बाद अब हम भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार प्राप्त करेंगे दुपत जैसा कि हमने बताया सरकार सरकार सचिव ग्रामीण 2022 और इसके तहत भारत ने पुरस्कार के लिए चयन किया लेकिन अब जिला पंचायत और ग्रामीण राष्ट्रीय विकास पुरस्कार पुरस्कार प्रथम के के प्रदान किया गया और इसके लिए श्री सुखबीर के लिए के की ओर से प्रदान किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना लोक प्रशासन उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं हम सब मिलकर काम कामना करेंगे किसी तरह से हमारे मैं जी मध्य प्रदेश समापन दिवस पर हमने प्रोस्थान किया है, हमने समाजित तो किया दिया है आज संप्रदाय जन सं की पहने वी नर्मदा की तरह नदिया महाकाल महान यहाँ हमारे ऊपर राम गया चंद्रपू या भगवान राम ने तेरह देवा चारुण्डा में गला अलग अलग ताइए गुजर और और अब में विकास की पांच हजार करोड़ रुपए की सिंचाई क्षमता कभी आज हम जनता को जिस तरह को जिस तरह का निर्णय करना चाहते हैं, आज हम जनता से सुनते हैं। तो का का का, करने नहीं है, है, लेकिन हमारे विकास तो तो तो तो एक लाख से सैंतीस हजार तो समृद्धि लेकिन जो उपलब्धियां हासिल की हमारे जनप्रतिनिधि और दूसरा मुझे क्या गर्व है कि हमारे कर्मचारी विशेष कर्मचारी ने भी दिन और रात मेहनत करके ये काम हासिल ou bahait de लंच पूरा न कर पाया होने की बात कर रहे मित्रों जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो थे सम्मानित भी करना चाहिए तो की तो ये सामान्य केवल एक सही जितने दिन और रात एक करके वो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो मध्य प्रदेश की है दखल न्यूज